जीग जीग जीग जडी मिले, तो भवान बैल जडे शिव तू तो नो सब tá ya हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हले हेलो